पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जब कॉइन को पटरी के ऊपर रखा था तो हमारा जो कॉइन था वो चिपटा हो गया था और बहुत सारे कोइन हमें मिले भी नहीं लेकिन गाई आज मैं फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को को आप लोगों को दिखाने वाला जी होता है और मैंने फेवीक् ले लिया है ताकि मैं इस इरेजर को इस रबर को इसके ऊपर चिपकाऊँ उसके बाद गाजर जब ट्रेन आएगा तो ये जो रबर है ये चिपके होने के कारण जो है ये पटरी के ऊपर से नहीं गिरेगा तो चलिए मैं फटाफट से इन सारे इरेजर को मैं इस पट्टी के ऊपर चिपका देता हूँ आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी दोबारा से ठाई करने की कोशिश मत करना कुछ इस तरह से रहेगा गाय देखो इस तरह से तो चलो फटाफट से मैं इस सारे इरेजर को इस पट्टी के ऊपर चिपकाता हूँ तो चलो मैं फटा फटाफट से सारे इस इरेजर को चिपका देता हूँ और गायर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप देख सकते हैं कि मैं पार्टी के बीच में ट्रेन कभी भी आ सकती है गायर और खतरा तो हमेशा बना ही रहता है तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मैं तब तक, तक इस इरेजर को चिपका देता हूँ ट्रेन आ रही है गाय को उधर गाज आप देख सकते हैं कि मैंने पाँचों इरेजर को यहाँ पे चिपका दिया है अब बारी है गाजर ऊपर से ट्रेन आने का और इसके ऊपर से गुजरने का तो चलिए देखते हैं कि कब तक ट्रेन आती है और इसके ऊपर से गुजरती है उसके बाद गाजर इसका क्या हालत होगा ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो गायझर फटाफट से जब तक ट्रेन आती है तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ट्रेन आ गई है ये देखो गाय तो गाजर, मैं साइड हट जाता हूँ क्योंकि ट्रेन जो है अपने चपेटे में भी ले सकता है हमें तो चलिए मैं साइड हट जाता हूँ देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो आ गई है उधर देखिए और आप देखते हैं फ्रेंड जो है, है वहाँ। वो गुजर चुकी है और हमारे लेजर का आप हैं क्या हालत हुआ है ये ये ये ये ये ये देखो <स्थेलियों> ये देखो ये ये देखो ये देखो देखो गाइस गाइस गाइस गाइस पूरा चिपटा हो हो गया यार चिंगम चुका पूरी तरह तो से ये जो है चिपटा हो गया ये देखो सारे ये देखो ये देखो गाइस और ये इधर तो ये होता है जब हम अपने इरेजर को इस पटरी के ऊपर रखते हैं तो उम्मीद तो करता हूँ कि आपको हमारी ये एक्सपेरिमेंट काफी ज़्यादा पसंद आई होगी तो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही नहीं चलो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो देखो। फिर से ट्रेन आ गई और चलो अब मैं इसे रखना फिर से यहाँ पे ये देखो अब देखना मैंने इसको रख दिया है और उधर आप देख सकते हैं ट्रेन तो चलिए अब उसे देखना है गाइस आप देख सकते तो मैंने बच्चे हुए इधर घर को पीछे जब इस पर्चे के ऊपर रखा तो ये देखो एक लेयर बन गया इसके ऊपर ये देखो इरेजर का लेयर अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटावट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए अब मैं देता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत